फाइटर्स देखिए ये है हमारा बैंकॉक का ट्रिप और इस पूरी फ्लाइट के अंदर आपको पूरे सिर्फ और सिर्फ एस डी पी एस के फाइटर मिलने वाले हैं दोस्तों एक खूबसूरत जिंदगी सिर्फ यदि पॉसिबल है तो वो सिर्फ एंड सिर्फ एस डी बी एस पूरा रेला जितने भी आप देखते हैं तो सारे के सारे लोग ये डॉक्टर और हमारा जो टूर है ये बैंकॉक का टूर है हम लोग कलकत्ता से बैंकॉक के लिए दिखे ये है हमारे रामदास nasir can... yes sir dinadi ka banking on phone the sir and is from the dinadi bank sir our attraction so my you know meaning to war hi dr saul for your future plans here is a bunch of very exciting things we need to cross over the patient continues to notice some adverse side effects has been advised back and to take the extra portion in your name <laughs>